सोलो गाइज वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल तो आज आपको बताने जा रहा हूँ आप फ़ोन की तरह एक कीबोर्ड कैसे ले सकते हैं जैसे कि वो फ़ोन में आता तो उसमें अब सारी चीज़ें होती हैं आपको जो कंप्यूटर का जो की होता है उसमें वो सारी चीज़ें मिसिंग होती हैं जो कि फ़ोन के की बोर्ड में आपको आसानी से मिल जाती हैं तो अगर आपको ये चाहिए तो आपको अपना डायरेक्ट पहले ओपन कर लेनी होगी सेटिंग सेटिंग में ओपन कर लेना है सेटिंग ओपन करती अभी आपको जाना है एस में तो आप जैसी मेरी ये री इधर आ जाना है स्क्रॉल डाउन कर लेना है और नीचे को देखना की बोर्ड का ऑप्शन मिल रहा है कीबोर्ड पे आ जाना है और अब आपको थोड़ा नीचे कर लेना है जैसे कि आप देख सकते हैं ऑन स्क्रीन कीबोर्ड इसको आप जैसे ही ओके okay कर देंगे जैसे ही आप कर सकते हो और, और आपको ये देखो ये ट्रिक्स दे देता है आप कैसे देखो कुछ भी प्रेस कर सकते हैं इंसल्ट होम अप डाउन नेविगेशन आपको मतलब कंप्यूटर वाले भी सारी चीज़ें ये दे देता है जो कि दिक्कत वाली बात नहीं होती आप पूरी वर्किंग भी है आप इसे कुछ भी टाइप करके देखे वर्क करता है देखो आप जैसे वर्क कर सकते हो जैसे मैं भी प्रेस किया देखो आपको दिखाता हूँ ये जैसे आप करते हो इसको तो ये इसके कारण ये होता है तो भी आपको डायरेक्ट ये प्रेस कर लेना है ये जैसे कि जो कीबोर्ड है ज़्यादा वर्किंग नहीं है ये बहुत बहुत ज़्यादातर काम नहीं कर पाता नहीं विंडोज़ ये इलेवन में ऐसा है इसमें अभी अपडेट्स आना बाकी है तो अपडेट्स आने के बाद क्या पता ये सही हो जाने वाला है पर लेकिन अभी तक तो ये सही नहीं हुआ है अगर आपको दोबारा को ऑनलाइन ना को प्रेस करना विंडोज प्लस सेंट्रल प्लस ओ इसे कि आप आसानी से ले सकते हैं अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके बेलाइकन को प्रेस कर देना क्या आपको आने वाली हमारी हर एक वीडियोज़ को नोटिफेशन मिल सके